सदगुरु आपने कहा है हमें जीवन के इस अंश को पूरी तरह से जानना चाहिए जीवन के इस अंश को पूरी तरह से कैसे जाना जाए मुझे लगता है कि मैं डर गुस्से और ईर्ष्या उन सभी चीजों से भरा हुआ हूँ इन सब चीजों से परे कैसे जाएं? और इस जीवन को पूरी तरह से कैसे जाने उन सभी चीजों से परे जाने की जरूरत नहीं है आपको बस उन चीजों को पैदा करना बंद करना होगा आपका डर आपका गुस्सा ये सब एक ऐसे मन की उपज हैं जिसकी कमान आपने नहीं संभाली है आपका मन आनंद पैदा करने के काबिल है आपका मन डर पैदा करने के काबिल है आपका मन चिंता बेचैनी शांति वेदना परमानंद पैदा करने के काबिल है ये कुछ भी पैदा कर सकता है इट इज प्रोड्यूसिंग थिंग्स दैट यू डो नॉट वॉन्ट ये वो चीजें पैदा कर रहा है जो आप नहीं चाहते ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप इसे संभालना नहीं जानते किसी को भी अपने डर अपने गुस्से या उनकी जो भी चीज हो उसे संभालने की जरूरत नहीं है और नहीं किसी को खुशी या शांति या आनंद खोजने की जरूरत है इसकी जरूरत नहीं है आपको बस इतना करना है कि आपको कुछ समय लगाना होगा आपको यह पता करने के लिए कुछ साधना करनी होगी कि जो शानदार कंप्यूटर आपके सिर में फिट है उसका कीबोर्ड कहां है आप नहीं जानते कि कीबोर्ड कहां है तो आप सारे गलत बटन दबा रहे हैं तो हर तरह की चीजें हो रही हैं तो आप या तो इस मन को एक चमत्कार बना सकते हैं या आप इसे पीड़ा पैदा करने वाली मशीन बना सकते हैं तो गुस्से और डर के रूप में पीड़ा के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको बस उत्पादन प्रक्रिया को रोकना होगा न कि उत्पाद को आपको बस इसके उत्पादन को रोकना होगा और एक अलग उत्पाद शुरू करना होगा आपको यह पक्का करना होगा कि इससे आनंद पैदा हो रहा है इससे खुशी पैदा हो रही है क्योंकि वही मन उसके भी काबिल है कभी कभी आप खुश होते हैं कभी कभी एक युवा आदमी ऐसा क्यों है तो यह आनंद पैदा करने के काबिल भी है तो आपको बस कीबोर्ड में जे हमेशा रहता है क्या आप कंप्यूटर जानते हैं ये वहीं पर है अगर आप इस तरह ऐसे ऐसे ऐसे करेंगे तो पीड़ा पीड़ा और पीड़ा और अगर आप वो बटन दबाए रखेंगे तो पीड़ा पीड़ा, पीड़ा पीड़ा पीड़ा पीड़ा बढ़ती जाएगी आपको पता होना चाहिए कि हाथों को कीबोर्ड से दूर कैसे रखना है और बस वही बटन दबाना है जो आप चाहते हैं अभी आप अनजान हैं, आप यह भी नहीं जानते कि ये कहा बटन खुद दब रहे हैं अगर आप ठीक से नहीं सोच सकते ये वहां नहीं है ये गलत बटन है ये गलत बटन है तो अपने शरीर की कमान संभालने के लिए अपने मन की कमान संभालने के लिए अपनी ऊर्जाओं की कमान संभालने के लिए हर चीज जो आप हैं उसकी कमान संभालने के लिए साधना है उन्हें अपने हाथ में लेने के बजाय आप बस एक अच्छे उत्पाद की कामना कर रहे हैं ये उस तरह से नहीं होगा जीवन ने कभी इस तरह काम नहीं किया है किसी के लिए भी नहीं सारी गलत चीजें करके कभी भी किसी के साथ ठीक चीज नहीं हुई है जब तक कि आप सही चीजें नहीं करते तब तक आपके साथ सही चीजें बिल्कुल नहीं होंगी